कोई इल्जाम अगर रह गया हो तो अब वो भी लगा दो कि कोई इल्जाम अगर रह गया हो तो अब वो भी लगा दो और अगर इतने बुरे हैं हम तो आओ मेरा गला दबा दो